मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सिंगरौली में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है इस मौके पर बस स्टैंड पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की गई और सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया मोरबा में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया नगर निगम ने स्वच्छता श्रमदान चलाए इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक रामलालू वैश्य सहित बीजेपी के नेता और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे सभी ने बस स्टैंड फल मंडी रोड में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की वहीं राम लालू वैश्य ने सभी से आग्रह किया कि स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने में सहयोग करें, साफ सफाई को अपनी दिनचर्या में लाएं, आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें हम सब आपके सरकार हमारे राष्ट्रीय के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बात की हम लोग सब यह संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने और सब कुछ संदेश भी देखें कि सब कोई को सरकारी भाई है और स्वस्थ रहेगा स्वस्थ रहेंगे